यह है दुनिया की सबसे जहरीली मछली जिसके जहर की एक बूंद ले सकती है पूरे शहर की जान ये मछली किसी पत्थर की तरह दिखाई देती है यही वजह है कि लोग इसे आसानी से पहचान नहीं पाते हैं अगर गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन की मात्रा में न्यूरोटॉक्सीन जहर निकालती है पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में एक नाविक का सामना मौत से हुआ इस व्यक्ति की नाव पर एक मछली आ गई थी उसे लगा कि वह कोई पत्थर है और जब वो उसे हटाने के लिए गया तो जो कुछ देखा वो बहुत डरावना था यह पत्थर नहीं बल्कि एक मछली थी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ ये दुनिया की सबसे जहरीली मछली है जो पत्थर के जैसे दिखती है इसलिए ही इसे स्टोन फिश के नाम से भी जाना जाता है पत्थर जैसी दिखने वाली मछली स्टोन फिश को लोग देखकर उसे पत्थर समझने की गलती कर देते हैं जैसे ही वो इसे छूते हैं उनकी मौत हो जाती है अमेरिका समेत दुनिया के कुछ और देशों के नागरिकों को चेतावनी दी गयी थी और कहा गया था की जैसे ही वो इसे कहीं देखे वहाँ ऐसी भाग जाए लोगो ऐसी ये अपील तक की गयी थी की अगर ये मछली कहीं नजर आती है तो वो आसपास के लोगों से मदद पर्यावरण वेदों के मुताबिक स्टोन फिश मकर रेखा के आसपास स्थित समुद्रों में पाई जाती है अगर काट लिया तो काटना पड़ता है अंग ये मछली किसी पत्थर की तरह दिखाई देती है यही वजह है कि लोग इसे आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। अगर गलती से, तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन की मात्रा में न्यूरोटॉक्सीन जहर निकालती है कहा जाता है की इसका जहर इतना खतरनाक होता है की जिंदा बचने के लिए तुरंत उस हिस्से को काटना पड़ जाता है जहाँ पर इसने काटा है अगर अंग काटा नहीं गया तो कुछ ही सेकेंड के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है इसके शरीर को छूते ही स्टोन फिश शून्य दशमलव पाँच सेकेंड की तेजी से अपना जहर छोड़ती है पलक चपकते ही कुछ सेकेंड के अंदर यह किसी की जान ले सकती है कहते हैं की इस मछली के जहर की एक बुंद भी अगर किसी शहर के पानी में मिला दी जाए तो शहर के हर इंसान की मौत हो सकती है दुनिया में पाई जाने वाली तमाम मछलियों से यह बिल्कुल अलग है दिखने में ये मछलियों जैसी नहीं दिखती बल्कि पत्थर जैसी दिखती है जहाँ मछलियों का शरीर बेहद कोमल होता है वहीं इसका शरीर पत्थर के समान होता है इसका ऊपरी खोल एकदम पत्थर के जैसे सख्त होता है मछली के ऊपर पत्थर जैसा दिखने वाला कवर कुछ कुछ इंसान के चेहरे जैसा नजर आता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले